नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है कुछ लोग खतरा नहीं उठाते जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं पर जो प्रगति करना चाहते हैं ऊपर उठना चाहते हैं जो कुछ उनके पास है उसे दाव पर लगाने से नहीं डरते संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाएं वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है भले ही वे हार जाए पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया